Okay, Brudita, पे। और और पे जो बोल रहा था उसी को सबसे पहले फोड़ा है पे आ, पे तूफान ने ये आज जो प्लेयर बोल रहा था सबसे पहले उसी को दिया है पे। की ही कमाल कर सकते हैं सामने अभिलाष है और भाई डर की वजह अरे भाई बहुत बच्चा प्लेयर बचा है यहाँ पे और फिरेश कर दिया मार दिया यहाँ पे फर्स्ट राउंड में ही